व्हाट्सअप गाइस hey तो आज की शुट आप लोगों को प्रीमियम देखे आप लोग उसका ट्यूटोरियल बताने वाला वालों तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक फूल अचानक तक भी आप लोग को टोटल समझ आएगा तो इस आप लोग को उस वीडियो को बनाने के लिए आप लोग को चाहिए अलाइट पोसन अगर आप लोग पास अलर्ट पोसन नहीं है तो मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूँ तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा तो अलाइट पोशन का आप लोगों को करना है ओपन करने के बाद बीटमार्ट प्रोजेक्ट और टेक्स्ट ने मैसेज फिर सेट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वहां से आप लोग इनपुट कर लेना तो गई फोटो में फ़ोटो और फोन टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर लें तो ज्वाइन हो जाए टेलीग्राम चैनल पे तो बीट प्रोजेक्ट को ओपन करना है ओपन करने के बाद जो कि सोम का बीट मार्क पहले से बनाया हूँ बस प्लस पे क्लिक करना है मीडिया पर जाना है यहाँ से गई फोटो को सिलेक्ट कर लें जिस भी फोटो पर आप लोग स्ट्रेस बनाना चाहते हैं तो मैं इस फोटो को सिलेक्ट कर तो आप लोग अपना फ़ोटो भी सिलेक्ट कर सकते हैं इतना करेंगे तो फोटो को क्लिक करना है यहाँ से एंड में लेके आ जाना है फिर से प्लस पे क्लिक करना है सेप लेना है ऊपर थ्री लेंट पे क्लिक करना है यहाँ सेम्बिनेशन लिया करना है इतना करेंगे कलर एंड फील्ड पर क्लिक करना है अच्छा तीसरे ऑप्शन क्लिक करना है इसको नीचे लेके आना है इसको भी अच्छे से एडजस्ट करना है इस तक करने के बाद इधर लेख पे क्लिक करना है बीच वाले पे क्लिक करना है इसको ट्रांसपेरेंट करना है इसके बाद इसको क्लिक करना है यहाँ एंड में लेके आ जाना है तो कुछ इस तरह का लग रहा है अब प्लस पे क्लिक करना है टेक्स्ट पे जाना है यहाँ सोम का जो भी है उसको लिख लेना है तो वो तेरी है उसको तो क्लिक बाद रोबोट रेगुलर जो कि बगल में है ये ऑप्शन उसको क्लिक करोग में आ जाएगा बस रोबोट रेगुलर पे क्लिक करोगे इस फोल्ड का लिंक जो कि टेलीग्राम चेयर पे दो बस ब्लैक सेलेक्ट करना है कलर अठारह फीट पर क्लिक करना है यहाँ से छत्तीस कर लेना है आप लोग जितना करना चाहते हैं उतना कर लो इसके बाद इसको मोवेट हो रहा है इसको नीचे लेके कर बीच में से एडजस्ट करना है इसके बाद लेयर को क्लिक करना है एंड में ले आ जाना है फिर से फर्स्ट पे आना है लेयर को क्लिक करना है इधर बीच से कट कर देना है क्योंकि आप लोग को सभी वैसे ही कट कर लेना है तो इधर सभी कट नहीं कर रहा हूँ तो वीडियो लंबा हो जाएगा इसके बाद सेकंड लेर को क्लिक करना है, है। इधर इधर सभी को कट करने के बाद सेकंड इसको भी लिख लेना है इसके बाद यहाँ इस से बैक आना है बैक थर्ड वाले पेज ऐसे ही को तो कट करना है करने आप लोगों को करना है लेयर को क्लिक करनी है है पे पे क्लिक प्रोजेक्ट जाना है यहाँ से क्लिक करना है इफेक्ट्स में थ्री लाइन क्लिक करना है कॉपी इफेक्ट्स बना है तो कुछ इस तरीके से हम लोग का जो कि इफेक्ट काम कर रहा है अब लोग जिस जिस में आप लोग जो कि लिखे हैं तो उसमें उसमें आप लोग को पेस्ट कर लेना है तो सभी को आप लोग करना बैक आना है आप लोगों को टेक्सट एनिमेशन पे टैक्स में आने के बाद पर क्लिक करना है कॉपी इफेक्ट्स करने के बाद करना है फोटो पे क्लिक करेंट में थ्री लाइन पेस्ट इफेक्ट कर लें तो कुछ इस तरीके से हम लोग का चल रहा है यहाँ लोगों आप लोग लगा सकते हैं तो के के दिख रहा है क्लिक करना या फिर तो अगर टूटो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना चैनल पर पे अगर कई बार चैनल को लेना तो मैं वीडियो को फुल देखना यार लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो मिलते हैं कोई ऐसे न्यू वीडियो लेके तब तक